साइकिल गर्लर ज्योति के पिता की हार्ट अटैक से मौत पिछले साल लॉकडाउन में गुड़गांव से साइकिल पर लाई थी दरभंगा ज्योति का घर दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुली गांव में है यहीं उनके पिता मोहन पासवान अपने परिवार के साथ रहते थे इसी बीच सोमवार को उनके हार्ट अटैक से निधन की खबर सामने आई परिजनों ने उनकी मौत की पुष्टि की है जिसके बाद गाँव में मातमी सन्नाटा छाक गया ज्योति कुमार उस समय सुर्खियों में आई थी जब पिछले साल देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय काम धंधा ठप होने की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे शहरों से अपने घरों को लौट रहे थे इसमें कई प्रवासी मजदूर पैदल चलकर या साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचे थे इसी दौरान दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी अपने पिता को गुड़गा आरोप दरभंगा ले आई थी बताया जा रहा की जिस समय ज्योति अपने पिता को गाँव लेकर आई उनके पिता की तबीयत खराब चल रही थी इसी वजह से ज्योति उन्हें साइकिल से घर लाने का फैसला किया करीब एक दो सौ किमी की दूरी साइकिल से उन्होंने करीब आठ दिनों में पूरा किया उसके बाद से परिवार यही रह रहा था इसी बीच सोमवार को ज्योति के पिता की मौत हो गई